जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी तब तक मैं तो हो जाती है जाने की तैयारी किया कठिन श्रम बरसों में तभी एक बाघ लगाया किया कठिन श्रम बरसों बरसों तभी एक बाघ लगाया जूही चंपा और गुलाब बेली से उसे सजाया जूही चंपा और गुलाब बेली से उसको सजाया जब तक सुंदर फूलों से जब तक सुंदर फूलों से एक दिन सजती है फुलवारी तब तक तो हो जाती है जाने की तैयारी तब तक अर्थ कमाया जग में पल रहा होता भारी तब तक तो हो जाती है जाने की तैयारी बाग लगाया फल का उसे पानी भर भर सींचा बाग लगाया फल का उसे पानी भर भर सूचा खर पतवार हटाने में ही सारा जीवन सरका खर पतवार हटाने में ही सारा जीवन सरका फल आया फल आया जब पेड़ में अब खाने की आई बारी फल आया जब पेड़ में अब खाने की आई बारी तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी जब तक अर्थ कमाया जग में पल रहा होता भारी तब तक तो जाती है जन की तय जल में भीगा जला धूप में तब दो तो ईट लगाया जल में भीगा जला धूप में तब दो तो ईट लगाया एक महल दो महल बनाया शीशा उसमें चढ़ाया एक महल दो महल बनाया शीसा में चढ़ाया बनके हुआ तैयार महल बनके हुआ तैयार महल अब रहने की आई बारी तब तक तो हो जाती है जाने की तैयारी जब तक अर्थ है कमाया जग में पल होता भारी तब तक तो हो जाती है जाने की तैयारी तब तक तो हो जाती है जाने की तैयारी पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती ना पिता बना दादा की चाहत माया नाच न ना चाहती तब भी नहीं ये पूरी होती तृष्णा बढ़ती जाती तब भी नहीं ये पूरी होती कृष्णा बढ़ती जाती पुत्र की पुत्र की आती पुत्र के पुत्र की आती जब कानों में किलकारी पुत्र के पुत्र की आती जब कानों में किलकारी तब तक तो हो जाती है जाने की तैयारी जब तक यारत है कमाया जग में होता पलरा भारी जब तक यारत है कमाया जग में पलरा हो त भारी तब तक तो हो जाती है जाने की तैयारी तब तक तो हो जाती है जाने की तैयारी